छतरपुर में एयरफोर्स जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया एयरफोर्स जवान सौरभ द्विवेदी का चंडीगढ़ में सड़क हादसे में निधन हो गया था उनके शव को उनके निवास पर ले जाया गया और पूरे सम्मान के साथ नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी छतरपुर के तलाया मोहल्ला के निवासी एयरफोर्स के जवान सौरव द्विवेदी का चंडीगढ़ में सड़क हादसे में निधन हो गया जिसके बाद दिवंगत जवान का शव आज सुबह एयरफोर्स ने उनके निवास लवकुश नगर पहुंचाया जहां पर वीर जवान के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसलाब उमड़ पड़ा राज के सम्मान के साथ शहीद सौरव द्विवेदी का अंतिम संस्कार लव नगर के बुक्ति में किया गया परिजनों से लेकर नव कुशनगर के निवासी और क्षेत्र के तमाम लोग लव नगर के सपूत के